अश्किन हो ये समझना मैं मजबूर है मजबूरा अश्क न ले ला अश्क न हो, हो। बीते हुए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 Na ho na na, hai shina ho.